आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि नमाज के शराब मतलब नमाज पढ़ने से पहले किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है अगर नमाजी है नमाज पढ़ने जा रहा है तो वो अपनी ये छह चीज़ें पूरी कंप्लीट रखे तभी नमाज पढ़े वरना उसकी नमाज नहीं होगी तो पहली चीज़ है बदन का पाक होना सतर्क का छिपा होना दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ है नमाज का वक्त होना चौथी चीज़ है पाँचवी चीज़ है नीयत करना छठी चीज है तकबीर तहलीम कहना ये नमाज के शराइज तो हमने बतलाई बद पाक होना मतलब ये कि जिस तरह हम नमाज के लिए कपड़े बदन और जगह का पाक होना बावजू होना नमाज के लिए शर्त है ही है ही इसी तरह वो दिल जो सबसे ज्यादा हमसे करीब है वो भी क्या होना चाहिए गुनाहों और गफलक और बुराइयों से पाक साफ होना चाहिए अब दूसरी चीज जो हमने थी सतर का ढांपना छिपा मतलब होना जिस तरह जाहिर हमारा छिपा होता है मतलब सतर छिपा होता है नमाज में इसी तरह बातनी बातनी जिसम जो क्या है कि अल्लाह के सामने छिपा हुआ नहीं है उसके सामने पर्दे नहीं डाले जा सकते उससे कुछ नहीं छिपा हुआ सब कुछ उसके सामने है। तो हम क्या करें जब भी नमाज पढ़ें तो हमें आंखों में क्या होना चाहिए खौफ होना चाहिए हया होना चाहिए नदामद होनी चाहिए शर्मिंदगी होनी चाहिए इस तरह में नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ना तब हमें क्या होगा इससे हमारी नमाज में दिल लगेगा आजी हो पैदा होगी और इनकसारी हमारे अंदर पैदा होगा इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह एक भागव मुजरिम अपने मालिक के सामने खड़ा होता है इस तरह हमें नमाज में खड़ा होना तो होना होना है है। हम मतलब फरिश्ते हमारी रूह कब्ज कर लेंगे इस तरीके से हमें नमाज पढ़ना है की अब नमाज पढ़ के हमें मरना है। आप सलम ने भी फरमाया कि रुख्सत होने वालों की तरह नमाज पढ़ो वो चौथी चीज है हमारा तो पांचवी चीज है हमारा नियत करना देखो नियत दिल के इरादे का नाम है नियत दिल के इरादे का नाम है लेकिन अगर जबान से कर ली तो बेहतर तो जब भी हम नियत करें यह ना कहें कि मैंने नियत की बल्कि ये कहो मैं नियत करता हूँ दो रकत या चार रकत जो भी नमाज है वास्ते के मुंह मेरा काबिल शरीफ की तरफ पीछे इमाम के अगर इमाम है तो ठीक है नहीं है अल्लाह लेकिन असल चीज समझने की दिल में हमारा इरादा ही नमाज पढ़ने का तो जब भी हम दिल का इरादा करें तो ये हम करें कि हम जो भी नमाज पढ़ना है वो अल्लाह की रजा और उसका करने के लिए पढ़ना है। की रजा और उसकी हासिल करने के लिए पढ़ना है ये सोचकर हमें इरादा करना है और ये समझना चाहिए कि मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह ने अपनी हाजिरी का शर्फ बख्शा मतलब उसने अपने सामने खड़ा होने दिया मुझ जैसे गुनेगार हो। उस वक्त में शर्मिंदगी होनी चाहिए गुनेगारे एहसास मानने जरूर फायदा होगा अब इसी तरीके से रह गई तकबीर तहरीमा तकबीर तहरीमा जो हम नियत करते वक्त सबसे पहले अल्लाह कहकर नियत मानते हैं के नीचे वो तकबीर तहरीमा होती है तो दोनों पैर की उंगलियाँ हमारे काबे की तरफ होना चाहिए दोनों पैरों के दरमियान चार उमड़ का फासला होना चाहिए और जब हम नीयत करेंगे तो ये हमारी जो है ना मतलब उठाएंगे नियत बांधने के लिए अल्लाह कहकर तो ये हमारे हाथों में वो ये हमारी हाथों की उंगलियाँ जो है ना ना ज्यादा खुली हो ना ज़्यादा बंद हो इस तरीके से कहकर अल्लाह कहकर हमें नाफ के नीचे हाथ बांध लेना तो ये हमारे हमारे हो गए नमाज के शराय मतलब अगर ये चीज हमारी कम्प्लीट नहीं है तो इससे क्या होगा हमारी नमाज नहीं होगी पहली चीज हमने बतलाई बदन का पाक होना मतलब नहा धोकर मतलब खूब साफ होना चाहिए पाक होना चाहिए कहीं कोई नापाकी न ना लगी हो। इसी तरीके से दूसरी चीज हमने बतलाई शतर का छिपा होना तो हमारा ये शतर जो है ना नाप से लेकर गुटनों के बाद तक का मतलब टखनों से ऊपर तक का वो हमारा क्या होना चाहिए छिपा होना चाहिए इसी तरीके से हमने तीसरी चीज़ बतलाई तो नमाज का वक्त होना मतलब नमाज का वक्त होना चाहिए ये नहीं कि हम ज़ुहर की नमाज़ असर में पढ़ लें असल की नमाज ज़ुहर में पढ़ लें तो नमाज का जो वक्त है उसको उसी में ही पढ़ना पांचवी चीज़, पांच चीज़ हमने बतलाई कबला रु होना छठी वो चौथी चीज़ बदलाई हमने कबला रुख होना और पाँचवीं चीज़ बदलाई हमने नीयत करना छठी चीज़ हमने तकवीर तहरीम बतलाई तो ये नमाज के शराइ हैं जब हम इस तरीके से अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा दिल लगेगा नमाज में हमारे अंदर तोज़ु आर्जी और उनके सारी पैदा होगी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को पहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोहफे कदम फरमाइए